आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी शीशे को हीरा बनाया शीशे को हीरा बनाया मेहरबानी आपकी नहीं भूलेंगे ठाकुर यह सान आपका हम नहीं भूत लेंगे ठाकुर यह आपका चरणों से अपने लगाया चरणों से अपने लगाया मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी तुमने बाबा इस जुबान को कितना मीठा कर दिया तुमने पापा इस जुबान को कितना मीठा कर दिया डर पे तू अपने बुलाया डर पे तू अपने बुलाया ानी आपकी आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी एक तुम हो मेरे स्वामी दूसरा कोई नहीं एक तुम हो मेरे स्वामी दूसरा कोई नहीं मुझको अपनी शर बुलाया मेरे मानी आपकी आपने अपना बनाया मेरे बानी आप की आपने अपना बनाया आपने अपना बनाया मेरे बानी आपकी शेष को हीरा बनाया मेरे बानी आपकी आपने अपना बनाया